दोस्तों इन आईटी आए टी आई एम्स की ओर ऐसी आपको दीपावली और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई सुरक्षित रहें, दूसरों की मदद करें और उन लोगों को खुशियां बांटे जिनके घर इस दिवाली को कोविड के कारण नहीं जलाएंगे आज हम आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं यह जोसा राउंड एक का पूरा एनालिसिस है यहाँ इस बार एन प्लस सिस्टम के कई कॉलेजों में कट पिछले साल की तुलना में कम रहा है और आई, आई के लिए यह पिछले साल की तरह ही है लेकिन हां महिला पूर्व कोटा ने मेधावी लड़कियों को बढ़ावा दिया है लेकिन हमने केवल सामान्य जेंडर न्यूट्रल आरोप ओ और ए उम्मीदवारों के लिए विचार किया है और गृह राज्य कोटा पर विचार नहीं किया गया है नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में पी डी पहले दौर के उम्मीदवारों को कॉलेज और सीट आवंटन दिखाता है यदि आप सात रैंक से कम हैं, तो पांचवें दौर तक आप ज्यादा बदलाव नहीं देख सकते हैं लेकिन इस रैंक से ऊपर के छात्र अच्छे बदलाव देख सकते हैं दोस्तों आपको काउंसलिंग में पाँचवे से छह दौर में बड़े भारी बदलाव देखने को मिलेंगे इस दौर में आईआईटी के कई छात्रों को नेट प्लस सिस्टम में अपनी सीट छोड़नी होती है और अपनी आईआईटी सीट की पुष्टि करनी होती है या कुछ छात्र ड्रॉप लेने की उम्मीद में पाँचवे दौर में अपनी सीट रद्द कर देगी क्यूँकी इस दौर तक धन वापसी प्रदान की जाएगी तो दोस्तों आप ओपन कैटेगरी में 5000 रैंक तक शिफ्ट देख सकते हैं और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक में 1000 से 1500 रैंक तक शिफ्ट देख सकते हैं आई, आई, आई लखनऊ जैसे कुछ नए कॉलेज छात्रों की टॉप पसंद के रूप में उभरे हैं। और कुछ जी एफ टी आई भी कुछ आई आई आई और यहाँ तक कि कुछ मीडियम से बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं इस सूची से आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग के छठे राउंड तक आपको सबसे अच्छा क्या मिल सकता है दोस्तों आपको सी सिर्ट काउंसलिंग राउंड में भारी बदलाव देखने को मिलेंगे इसलिए यदि आप लोअर रैंक के में है और हमारी सिफारिशों के अनुसार प्योरिटी क्रम भर दिया है तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे भरे हुए ऑर्डर चॉइस सैंपल और जोसा के इस उम्मीदवार के चयन आदेश में काफी समानताएं हैं। सूची के लिए हमारा विवरण बॉक्स देखें। दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपने प्रश्न पूछे और वीडियो को शेयर करें